भरों से बरहम बाबा झिझिया बन ली रही हो बरहम बाबा झिझिया बन लही हो बरहम बाबा या yeah, okay.